शनिदेव का यह गोचर साल 2024 जनवरी को जो हो रहा है ये आपके लिए कैसा रहेगा तो बेसिकली आपके नवम भाव के स्वामी जो है शनिदेव बनते हैं और दसम भाव के जो है स्वामी बनते हैं अर्थात नवम भाव भाग्य का भाव दसम भाव कर्म का भाव तो यह स्थान जो होता है नौ स्थान पे जो शनिदेव आएंगे ये आपके भाग्य के लिए जो है जिम्मेदार होता है तो भाग्य का प्रॉपर साथ आप लोगों को मिलेगा शनिदेव जो कुप्रभाव दे रहे थे इनकी जो ढैया आपके ऊपर लगी थी ये समाप्त होती हुई दिखाई पड़ रही है के को। समाप्त होते ही आपको भाग का साथ मिलेगा अच्छा मिलेगा अच्छा आप माता पिता के साथ धार्मिक यात्राओं पर जा सकते हैं पिता को लेकर के कुछ विवाद हो सकता है जीवन साथी के साथ आपका संबंध बहुत अच्छा बीतेगा तमाम अदर सोर्सेस से आपके पास इनकम बहुत अच्छी आएगी यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं क्योंकि शनि देव इनका जो नेचर है ये जस्टिस का है रूल ऑफ जस्टिस अन्याय के है, जो है ये ग्रह है तो कोई ऐसा अनिति का काम मत करिएगा वृषभ राशि के जात को कि देव आप पर कुप्रभाव दें क्योंकि अभी तक ऑलरेडी आप शनि की ढैया से परेशान थे तो कोई भी हमारा इशारा साफ साफ है कि जो लोग सरकारी क्षेत्र में है सरकारी सेवा में है वो लोग अनितिपूर्वक धन ना कमाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके बड़े भाई बहनों के साथ जमीन के मामलों को लेकर के कुछ विवाद हो सकते हैं वाड़ी पर आपको यहाँ पर सितारे संयम रखने की दर्शकों को सलाह दे रहे हैं किसी से कोई ऐसा राशि के जात को आप लोग मत करिए जिसे आप लोग समय से पूरा न कर पाए आपके ऑफिस में आपके कार्य की प्रशंसा होगी जो कि शनि देव क्योंकि स्थान के भी लॉर्ड वहां पर देखिए इलेवन नंबर में कुंभ राशि उदित हो रही है तो आपके कार्य की प्रशंसा होगी उच्चाधिकारी आपको कुछ एक्स्ट्रा जिम्मेदारी देंगे आपके ऊपर बहुत ज्यादा आपके अधिकारी भरोसा करेंगे और आप उनके भरोसे पर खड़े उतरेंगे बस यहाँ पर आलस का त्याग करना चाहिए और महत्वपूर्ण कार्यों को अपने हाथ से मत निकलने दीजिए पैसों की कुछ तंगी आती हुई दिखाई दे रही है लेकिन शनिदेव इसको दूर करेंगे ही करेंगे कहीं ना कहीं किसी ना किसी अन्य मद से आपके पास पैसे भी आएंगे इधर का जो ये जो है ये साल रहेगा सोर्स ऑफ इनकम आपकी एक से अधिक दर्शकों रहेगी वृषभ राशि के जात को तो वृषभ राशि के जात को कुल मिलाकर के शनिदेव का यह गोचर तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है और इसी बात पे आप लोगों से अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब और बगल में बना जो है बेल आइकन जरूर दबाइए उपाय क्या करना रहेगा तो वृषभ राशि के जात को प्रयास ये करिएगा कि जिस दिन शनिश्चरी अमावस्या हो उस दिन पीतल की घंटी का दान आपको धर्म स्थान पर करना रहेगा काँे की कटोरी में सरसों का तेल ले लीजिएगा शनिवार वाले दिन उसमें अपना प्रतिबिंब अर्थात अपनी छाया देख करके दान कर दीजिएगा जब भी आप ऑफिस जाइए तो कोशिश कर लीजिएगा सरसों के कुछ दाने अपने पॉकेट में रख लीजिए काली जो सरसों आती है इसके दाने रखते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा तो ये सब आप प्रयोग करिए उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा नए हैं दर्शकों सब्सक्राइब कीजिए बगल में बना, और पुराने भी हैं